आप लोगों का वेलकम है हमारे इस चैनल में ये लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है इसको कट कर देना प्लीज हेलो एवरीवन आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल में तो आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में फट से बता दो कि आप लोग सही हो या फिर बहुत ज़्यादा सही हो या फिर नहीं सही हो अरे कहना क्या चाहते हो आप लोग को जो मैं आज ट्यूटोरियल दिखाने वाला वो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा होगा सबसे फर्स्ट वाले वीडियो के पार्ट में तो आज हम लोग उसी को एडिट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो या प्लीज चैनल पे वन के करा दो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ तो तो मेरा इंस्टाग्राम है आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो तो ये वाला जो वीडियो है ये छब्बीस हजार इतना वीडियो बनाया वी एन अप्लीकेशन का जरूर पड़ेगा उसे आप लोग ओपन कर लेना तो जैसे आप लोग वी एन ओपन करोगे यहाँ प्लस वाले आइकन पे चले जाना है इस पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है देन आप लोगों को आप लोगों को अपना वीडियो एड कर लेना है जो अभी आप, आप लोगों ने बनाओगे सबसे पहले इसमें आप लोग सेम आउटफिट में बनाना ठीक है और ये स्प्लिट पे क्लिक कर देना है आप लोग को सबसे पहले और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप लोग को उसको सबसे पहले डिलीट कर देना है यहाँ डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है फिर ये ब्लैंक इसको भी डिलीट कर देना है देन आप लोगों को अपना जो भी फ़ोटो है सात फ़ोटो का जरूरत पड़ेगा सात पिक्चर का वो आप लोग को ऐड कर लेना है यहाँ पे, उससे पर उससे पहले आप लोग स्पीड पे जाके सबसे पहले स्लो मोशन कर सकते हो मेरा है तो मैं वो नहीं करूँगा तो अब मैंने यहाँ पे सात पिक अपने ऐड कर लिए हैं तो इसमें भी आप लोग जाके यहाँ पर सबसे पहले ये देख तो आप लोग को यहाँ पर जीटर डाउन पर क्लिक कर देना है अप्लाई टू ऑल पर यहाँ पर क्लिक कर देना जो नीचे में अप्लाई टू ऑल है इस पर आप लोगों को क्लिक करके उसके सब पे ये अप्लाई हो जाएगा आपका इफेक्ट जो भी है तो ये जैसे ही हो जाने के बाद आप लोग को म्यूजिक ऐड कर लेना है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप लोग ऐड कर लेना म्यूजिक को तो यहाँ पर जैसे म्यूजिक हो जाएगा तो अब आप, आप लोग देख सकते हो म्यूजिक हो गया है उसके बाद आप लोगों को फोटो जो भी आपका पिक है उसको आप लोग साइज कर लेना मतलब ड्यूरेशन उसका ठीक कर लेना तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी सेवन ड्यूरेशन है वो मैंने खरीद दिया है तो मैं सब फटाफट कर लेता हूं तो ये देख सकते हो मैंने इसका भी कर लिया तो सारा 0.17 पॉइंट सेवेंटीन पे आ चुका है तो ये देख सकते हो ताकि आप लोगों ने देखा यहाँ पर मेरा पूरा वीडियो रेडी हो चुका है तो अब आप लोग को जस्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट जो दिख रहा है ऊपर उस पर क्लिक कर देना है देना आप लोग को एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव कर लेना अपने डिवाइस में और आप लोग रील पे मचा दो धमाल तो ये बढ़िया था जैसा <laughs> कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर वीडियो कम्प्लीट हो चुका है तो आप लोग फटाक से मैनेजर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो और जो भी वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बताओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो प्लीज़ और सपोर्ट करो